हैं ना जार पे धोरों बैठ के पेर तब में लग जाता हूँ फिर प्यार दे हॉरों बैठ के पेर तब में लग जाता हूँ फिर प्यार दे इनो कल्ला चल चीरों पे दोपड़ियों मंगवाया हाँ इनो कल्ला